मैंने कहीं पढ़ा था दैट द डे यू स्टार्ट फ्रेटिंग अबाउट द फ्यूचर इज द डे यू लीव योर चाइल्ड हुड बिहाइंड सच ही तो है ना चाइल्डहुड हुड इंडीड इज द बेस्ट पार्ट अबाउट अर बचपन जहां कुछ गलत नहीं हो सकता नो इनसिक्योरिटीज नो इनहिबिशन नो कॉम्पिटिशन नो सेल्फ डाउट जहां हर छोटी सी छोटी चीज बड़ी सी बड़ी खुशी दे जाती है और जहाँ पैसे सिर्फ उतने ही काफ़ी हैं जितने में एक गोला दो टॉफ़ी और कुछ पोकीमोन कार्ड्स मिल जाए <laughs>